400 मीटर बालक वर्ग जूनियर जो भी खिलाड़ी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचते हैं तो उनको रेस में शामिल नहीं किया जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग 400 मीटर बालक वर्ग हम कुमार सिंह जो कि रेडर है बड़े अच्छे रेडर एक ध्यान ध्यान रखिएगा सीनियर और जूनियर का जो लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जूनियर का जूनियर नहीं करेंगे कोई लड़का सीनियर का जूनियर नहीं करेगा अगर ऐसा पाया गया तो उस लड़के को उसको डिबार कर दिया जाएगा टीम है तो तो तो अपने के, अपने नारे से नारे। लास्ट एंड फाइनल कॉल 400 मीटर बालक वर्ग जूनियर अरे तो रोकों की महिला टीम तो ग्राउंड पे जाकर संपर्क करे जाओ भैया अंदर चलाओ खेला खेला तो इसे अंदर आया उट एकदम तीन पॉइंट मिला के क्या हुआ बस ऐसे ऐसे आने अंकिन कुमार अंदर। अच्छा खेला दो भैया बजाओ अरे ला ना मत कर दो अरे भैया ये खत्म कर दो मार दिया बॉय ए सामना भाई जाओ आजा आजा आजा और नहीं आता बहना टाइम खत्म हो गया मैं आता नहीं जल्दी नहीं 30 सेकंड भाई से आगे देख और खेले दे अच्छा एक ये ऐसे ऐसे खेले दो संजय कुमार ओझा की टीम अगर पॉइंट रोक गए तो विजेता घोषित हो जाएगी अंकुर देश्चे कुमार सिंह की टीम बड़ी ही चार सौ मीटर जितने भी खिलाड़ी आवाज़ आवाज़ आवाज़ आवाज़ आवाज़ एक एक लड़का खड़ा कराइए ठीक ठीक है है पाल जी ठीक है दीपक पाल उसको चार सौ मीटर फाइनल जूनियर पालक कुमार कुमार सिंह आपकी टीम पांच चार सौ मीटर का इस पूरे ट्रैक का दो चक्कर लगाना है एक चक्कर लगाना है बाकी वाले साहब सारे बच्चों का अटेंडेंस लगा लीजिएगा कोई भी लड़का अब दोबारा नहीं पार्टिसिपेट करेगा ना आके बताएगा इसको भी करना आ जाएगा पकड़ ले रे छोड़ रे ना बोनस है छोड़ रे ना पकड़ ले रे अलग वैसे खेला देओ अलग दे खेला देओ ट्रैक चार सौ मीटर का रेस चुका है चार सौ मीटर का बहुत ही बढ़िया एक खिलाड़ी दूसरे को क्रॉस करने के जब चार सौ मीटर का जूनियर वर्ग बालर वर्ग बालक वर्ग बहुत ही बढ़िया चार सौ मीटर के सभी रेसर थोड़ा दम लगाइए भाई आ रहे थोड़ा कीजिए ट्रैक खाली कीजिए ट्रैक खाली, ट्रेक ट्रेक खाली भाई सभी लोग बहुत ही बढ़िया ये भी कहा खिलाड़ियों का जो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ये क्रॉस करो बहुत ही बढ़िया ये है देखिए रे चार सौ मीटर बहुत ही बेहतरीन एक खिलाड़ी को डाइए भाई देखिए लड़के को इंजरी हुआ